होर में बारिश के बीच कार सहित एक तहसीलदार और पटवारी बह गए पटवारी का शव मिल गया है बताया जा रहा है ये दोनों पार्टी करने निकले थे और लौटते वक्त इनकी कार सीवन नदी में बह गई जिससे ये हादसा हुआ सोमवार रात से लापता तहसीलदार और पटवारी की मंगलवार शाम को लोकेशन के आधार पर करबला पुल के पास सीवन नदी में सर्चिंग की जा रही थी जिनका देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका था बुधवार सुबह घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर ग्राम छापरी में पटवारी महेंद्र रजक का शव और कार बरामद हुई है जबकि तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश जारी है नरेंद्र सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश तहसीलदार संघ के अध्यक्ष है तहसीलदार और पटवारी सोमवार रात अपने घर से कहीं पर खाना खाने जाने की कहकर कार से निकले थे जब वह सुबह तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने मंडी थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने मामले में मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की सीसीटीवी फुटेज से मिली लोकेशन के आधार पर सीवन नदी पर बने करबला पुल के पास सर्चिंग अभियान चलाया गया आज दिन में करीब दो ऐसी ढाई बजे लगभग पुलिस थाना मंडी जिला श्योपुर में सूचना मिली थी कि साजापुर के तहसीलदार श्री नरेंद्र सिंह ठाकुर उनका नसरोला पटवारी कल रात ऐसी गायब है कल रात में ये अपने साथियों के साथ एक फार्म हाउस ऐसी पार्टी करने गए थे अभी पुलिस सीसीटीवी और लास्ट लोकेशन पर जांच कर रही है जांच में तथ्यों के आधार पर आगे तहसीलदार शाजापुर जिले की तहसील मोहनपुर बड़ौदिया में पदस्थ है जबकि पटवारी नसरोलागंज तहसील में पदस्थ था बुधवार सुबह जब मंडी पुलिस और एनडीआरएफ का सर्चिंग दल नदी किनारे जाँच करता हुआ करीब तीन किलोमीटर दूर ग्राम छापरी पहुँचा तो नदी में कार दिखी जिसे निकालने आरोप पटवारी महेंद्र रजक का भी शव मिला जबकि तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश अभी जारी है इस संबंध में टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी जिसके आधार पर सर्चिंग की जा रही थी